मेरा नाम पवन मधुर है और वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं लेकिन शॉक के लिए लिख लेता हूं तो शुरुआत में कुछ अपने परिचय से करूंगा कि मैं मोहब्बत के शहर से आया हूं मैं मोहब्बत के शहर से आया हूं इश्क का अनजाम और निशानी दोनों साथ लाया हूं हो अगर बिछड़न तो पागल खाना हो जाए मुकम्मल तो ताजमहल की ताजमहल से इश्क की निशानियाँ साथ लाया और मैं मधुर हूँ जो मोहब्बत के शहर से आया हूं। धन्यवाद इसी के साथ मेरी पोएम का टाइटल है वो लड़की मुझे खोना नहीं चाहती तो तो दुख दुख के बादल जब भी छाए हैं मेरी सारी परेशानियों को वो भाप के बताती है महंगे तोहफे सोना चांदी की कोई फरमाइश नहीं करती अपने हजार दुखों को भी वो परारत वो सिर्फ़ मेरी खुशी चाहती है वो एक ऐसी लड़की है जो मुझे होना नहीं चाहती है जब जब निराश होता हूँ वो आशा बनकर आती है दुख के काले बादल में वो मेरे साथ भीग जाती है इस तरह अपने बेहत इश् से वो मेरी रूह छू जाती है मेरे चेहरे की उदासी को एक पल में जान लेती है मेरी आवाज़ सुनकर मेरा रोना पहचान लेती है दर्द चाहे कोई भी दे मेरी हर मुस्कान उससे आती है जब जब उसका नाम लिखता हूँ मेरी कलम मेरी कलम खुद चलने लग जाती है मेरी हर सफ़र में वो मेरे साथ रहती है कभी हार कर बैठूं, तो मेरा हौसला बनती है मेरी मुस्कान पे वो हंसती है मेरी उदासी पे वो रो देती है पड़ जाऊँ अगर बीमार तो रातों की नींद लुटा देती है खूबसूरती की मैं क्या तारीफ़ करूँ उसकी चाँद भी जिसका सजदा करता है बात जब मेरी आती है वो अपनी रातों की चाँदनी भी लुटा देती है और भावों में भी उससे दूर जाऊं तो वो सहम जाती है वो लड़की है जो मुझे खोना नहीं चाहती है शिकायतें हजार करती है मुझसे पर लोगों के सामने मेरी तारीखों के पुल बानती है और कोई बोले एक शब्द मेरे खिलाफ में वे बेझक वो सबसे लड़ जाती है वो भीड़ में मेरा बच्चों सा हाथ थाम लेती है हर बात मुझे हमेशा एक बच्चे की तरह समझाती है बिन वादे किए भी वो हर पल मुझे महफूज रखती है मतलब कि इस दुनिया में बेमतलब सी मोहब्बत करती है और उसका परिचय मैं कुछ यूँ देता हूँ कोई पूछे उसके बारे में मैं उसे अपनी पहली मोहब्बत कहता हूँ और उस लड़की को मैं अपनी माँ कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद